हेलो गाइड्स अब हम तैयार हो रहे हैं उत्तराखंड के लिए तो उत्तराखंड के टूर में जा रहे हैं तो आपको हर पल की मैं वीडियो दिखाऊंगा रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और हम कहां-कहां गए क्या हमने किया क्या नहीं किया वो सब आपको बताएंगे तो हमारा चैनल देखते रहिए कल तेन जी मैं बैरिया का रख देख साले करके डेन आदमी हुआ चला जाता हूँ इतनी मेरी प्रैक्टिस हो गई है उत्तराखंड में घूमते घूमते कि मैं ये देखो सटा सठ ये पहुँच गया हर स् देश में कहाँ रह गई भाई? बहुत भी <laughs> बहुत ही सुंदर सुबह का नज़ारा चारों तरफ बादल ही बादल कोहरा ही कोहरा और बहुत सुंदर सा छोटा सा झरना ये देखिए ये देखिए यहाँ बारिश के कारण काफ़ी तूफान मचा ये बड़े बड़े पेड़ ऊपर से गिरकर नीचे आ गए ये पेड़ गिरे हुए हैं देखिए और ये रास्ता बंद हो चुका है इसलिए हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं तो झरने का नज़ारा और आपको तो पूरा कहाता नज़ारा अंजलि मेरे साथ है और भाई संदीप है साथ में और कहीं पे बादल फट जाते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बादल फटने का थोड़ा सा रहस्य भी बताऊंगा इसका क्या कारण होता है तो मेरी वीडियो देखते रहें और मैं आपको इसकी जानकारी भी दूंगा कि बादल कैसे फटते हैं फूल देखिए क्या सुंदर फूल हैं वाह अच्छे अच्छे फूल स्वदेश नेगी जी आ रही हैं और वो देखने आई थी कि यहाँ जहाँ बादल फटा है कैसा फटा है ये बादल फटे वाली जगह को देखने आई थी यहाँ बादल फटा है जी Okay. वो हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ बादल फटा और ये घर बच गया बस यहाँ गाय भैंस थी बकरी थी ये okay. तो देख लिए परमात्मा की मेर कैसे हुई ये सुप्रभात हम उत्तराखंड में हैं उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक में और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे बादल फटा था ये पूरा खेत नीचे को बह गया ये और ये साथ में घर था ये बच गया इसका काफ़ी बचाव हो गया थोड़ा सा साइड में अगर होता तो ये भी चला जाता है लेकिन इसका बचा हो गया और इस बादल फटने से पूरा गारा ही गारा नीचे सड़क पर आ गया था इस सड़क पे की ट्रेन से इसको साफ़ किया गया तो यह है बादल फटने का निशान बादल फटने के निशान हैं यहाँ पे और पिछले साल इसके साथ में ही फटा था धन्यवाद घास लेकर जाती है घसेरी और एक घसीरी ये है जो खुद ही नहीं जाती <laughs> क्या नज़ारा है देखिए आराम से लेटिए घास पूरी गद्दे की फीलिंग दे रहा है ऐसे लग रहा है जैसे आप गद्दे पे लेटे हो ये देखिए बिल्कुल और ये पिल्लो है सिराना ये देखिए मज़ा आ रहा आनन्द। आनन्द आनन्द है वाह आनंद आनंद ही आनंद है देखिए वाह मज़ा है मज़े क्या मज़ा है ऐसे लग रहा है जैसे गद्दे में लेटे हूँ देखिए हिरण जंगल में <laughs> अंजलि <laughs> का घास सब सुधा ली आ रही है Meanwhile, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पूरी टॉप पर पहाड़ की चोटी पे और यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है लत्तों में बांध रही है अंजलि को भी बकरी बांधनी नहीं, नहीं आती आओ जी आओ जी आओ कला ही नहीं छाड़ते मैं यहाँ कौन से कोई बाघ भूख है दौड़ के आ दौड़ के ऊपर सिर करके और आपका बहुत प्यार मिला मुझे और प्यार के द्वारा मुझे आप कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो में कहाँ कमियां थी कहाँ वो बेहतर हो सकती है तो आपके सुझाव मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए इसलिए मेरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहें आपका साथ बना रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय उत्तराखंड